कानपुर में अनूप शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में व्यापारी विषयों की बैठक बिरहाना रोड कानपुर कार्यालय में आहूत हुई जिसमें व्यापारी प्रतिष्ठानों में जीएसटी विभाग के अधिकारी द्वारा छापेमारी से बाजार में व्यापारी और जनता भयभीत हो रही है वहीं व्यापारी सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं उत्पीड़न के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा साथ ही मुख्यमंत्री से जल्द व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर व्यापारियों की समस्या साथ ही स्पोर्ट व्यापार से जुड़े संजय पाल सहित तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे के बैठक का एक विशेष कारण है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश भर में जी के अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न करने की दृष्टि से हर जगह बाजारों में छापे मारे जा रहे हैं और एक गलत तरीके से व्यापारियों को फंसाने का व्यापारियों को उत्पीड़न करने का कार्यक्रम चल रहा है जिसका हम लोग विरोध करते हैं और निरंतर इस कार्रवाई का विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे कार्रवाई चुकी